हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आज नोगा बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है आज मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आप सभी से कि भाई अगर मेरा ये चैनल मेरा कामयाब होता है मेरे चैनल में अभी 114 सब्सक्राइबर्स हैं अगर मेरा चैनल ये स... कामयाब हो जाता है तो आप इन लोग ये बताओ कि मैं जो यूट्यूब पर जो सीरीज चलती जो जो यूट्यूबर है एल बीश जो सीरीज जो बनाते हैं मैं वो बनाएं सारे जैसे कॉमेडी होगी कभी कभी थ्रीलिंग भी बनाते हैं कॉमेडी बनाऊँ या फिर हॉन्टेड ब्लॉगिंग करूँ हॉन्टेड ब्लॉगिंग करूँ या फिर मैं जो सीरीज है वो बनाऊँ आप में से प्लीज जो भी आपके जो तो सवाल है आप, आप कमेंट सेशन में दे दो अगर आप कहोगे हॉन्टेड ब्लॉगिंग करो तो हॉन्टेड ब्लॉगिंग करूँगा हॉन्टेड ब्लॉगिंग का ये कुछ ये होता है कि आपका मतलब कुछ आ, सेफ्टी का भी आपको करना ख्याल रखना पड़ता है सब कुछ करना पड़ा बाकी मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं सब बातों में नहीं मानता तो मेरा जो ओपिनियन है कि भाई वो जो आपका ओपिनियन है वो मेरा ओपिनियन रहेगा अगर आप चाहते हो मैं कॉमेडी सीरीज बनाऊं तो मैं कॉमेडी सीरीज बनाऊंगा तो अगर आप चाहते होटेड ब्लॉगिंग कराऊँ तो मैं हॉन्टेड ब्लॉगिंग करूंगा कोई फेक वीडियो रियल हॉन्टेड होगी रियल हॉन्टेड लोकेशन पर जाके मैं वीडियो बनाया करूँगा मैं कोई फेक नहीं होगी और कोई कमेंट बिल्कुल मत करना ठीक है और दूसरी और दूसरी बात अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कॉमेडी सीरीज़ में कॉमेडी सीरीज़ में क्या होता है क्योंकि फैमिली सीरीज होती है देख हर हर आदमी देख सकता है ये सीरीज़ तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है आप कम से, कमेंट कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर डालिए कि आप मतलब कॉमेडी सीरीज़ करो या हॉन्टी ब्लॉगिंग करो वही कॉमेडी हॉन्टी ब्लॉगिंग उसके लिए क्या है मेरे को हॉन्टी ब्लॉगर से कन्वर्सेशन मेरे को खुद मुझे करनी पड़ेगी जो मेरे हॉन्टी ब्लॉगर जो मैं इंस्पिरेशन जितेंद्र मारुतिया हैं और बेस्ट इंडियन वेंचर हैं मुझे उन सबसे कन्वर्सेशन मेरे को करनी पड़ेगी तो बस मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स से अपना ओपिनियन दे दो जो मेरी पब्लिक देख रही है जो मेरी ऑडियंस देख पा रही है मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप, आप अपना ओपिनियन रखिए लड़ाई झगड़ा मत करो ओपिनियन रख लो सिर्फ लड़ाई झगड़ा मत करो जिसका मुझे ओपिनियन सही लगेगा जिसका सबसे ज्यादा लगा कॉमेडी में सबसे ज्यादा तो कॉमेडी सीरीज करूँगा लेकिन वह दूसरे चैनल के ऊपर करूंगा ठीक है क्योंकि अभी 114 सौ चौदह एक सौ चौदह के ऊपर तो मैं ये मैं ये कहता हूँ कि एक सब्सक्राइब बस इसको लाखों मिलियन पहुँचा दो इसको जितना इस वीडियो को हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सारी जगह अपनी वीडियो में शेयर ये वीडियो शेयर करो और मुझे, मुझे मोटिवेशन तो लाइक सबसे ज़्यादा दो तो, मैं व्यूज़ से मैं प्यार नहीं करता लेकिन मैं व्यूज़ का मतलब है कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद बस वही मेरे लिए वही काफ़ी तो प्लीज़ भाई इतना कर दो कि बढ़ाते जाओ बस वीडियो को इतना फैला दो बस कि मतलब मोटिवेशन हमें मिलती रहे ठीक है तो बस ये कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन और वीडियो को यहाँ पे खर, करते हैं ब्लॉग को यही पे करते हैं ओके बाय बाय एंड कीप वाचिंग सबको